ऐसे हमारे अदानी जी का बिजनेस चलता है पहले ईडी जाती है फिर अदानी जी आते हैं। और पीछे फिर मोदी जी आते हैं। ये ऐसी मूवमेंट हो वीआईपी मूवमेंट चल रही है बिजनेस